था ऐसे तो मुकेश एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था और वो जाना बस बस पर जाकर खड़ा रहता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रागनी रहता है रागनी मुकेश की तरफ जब देखती है तो उसके तरफ एकदम आकर्षित होने लगती है और सोचने लगती है वा... कितने हनसम लड़का है कसम से भगवान ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया होगा ये सोचकर रागनी मुकेश से अंदर ही अंदर प्यार करने लगती है धीरे धीरे समय गुजरता जाता है एक दिन मुकेश जब बस स्टैंड पे खड़ा रहता है तभी रागनी उसके पास जाती है और जाकर बोलती है हेलो आपका नाम क्या है तभी मुकेश उसके तरफ देखता है और बोलता है मेरा नाम मुकेश है और आपका नाम ऐसे मुझे मेरे घर वाले प्यार से रागनी कह के बुलाते हैं ओ बहुत ही अच्छा नाम है ऐसे आप क्या करती हैं कुछ नहीं बस जॉब की तलाश कर रही हूँ एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता हूँ लेकिन हाँ उतनी सैलरी मिल जाती है जिससे मेरी गुजारा हो जाए ओ यही तो अच्छी बात है आप तो जॉब कर रहे है और मैं तो ऐसे ही अभी घूम रही हूँ अरे नहीं आप चिंता मत कीजिए जरूर आपको जल्द से जल्द कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी हाँ भगवान करे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए ऐसे आपके घर में कौन कौन रहता है ऐसे मेरे पिताजी हैं जो एक बिजनेसमैन मैन है परंतु मैं अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे माँ को हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ की कोई अच्छी सी जॉब लग जाए तो मैं अपनी माँ को लेकर अपने पास रहूंगी वाह तुम्हारे ख्याल तो बहुत अच्छे है यार चलो कोई बात नहीं मैं आज अपनी कंपनी में बात करूंगा तुम्हारे लिए सच में मेरे लिए बात करोगे तुम हाँ यार जरूर करूंगा मैं तुम्हारे लिए तभी रागनी बोलती है अच्छा मुकेश एक काम और मेरा छोटा सा करोगे वो क्या है ना कैसे बोलूं मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है अरे बोलो यार ऐसे की क्या बात है और ऐसे भी अब तो हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं तो तुम मेरे साथ हर बात शेयर कर सकती हो वो एक्चुअली क्या है ना मुकेश कि मैं तुम्हें जब पहली बार बस पे देखी थी तब से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो तभी मुकेश बोलता है अरे यार क्या बात कर रही हो तुम प्यार की बातें ऐसे होती हैं क्या आज अचानक सी आई और अचानक से प्यार का इजहार कर दे अरे यार सोचने का थोड़ा मौका दो मुझे क्या मुकेश तुम तो लड़के हो तुम्हें भी सोचने के लिए समय चाहिए सोचने के समय तो लड़कियां मांगती हैं अरे नहीं यार मुझे भी सोचने का वक्त चाहिए और ऐसे भी मैं प्यार तो तभी एक ही शर्त पे कर सकता हूँ की जब तुम मुझसे शादी भी करोगी क्यूँकी मैं प्यार में धोखा नहीं खाना चाहता हूँ बोलती है अरे बुद्धो तुम तो मैं क्या प्यार तुम्हें टाइम पास करने के लिए कर रही हूँ अरे मैं तुमसे सदा के लिए प्यार करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम छोटे मोटे नौकरी करते हो और मैं एक बहुत बड़े बिजनेस मैन की लड़की हूँ मुझे उससे नहीं कोई मतलब है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ जब इस बात को मुकेश सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो हमेशा मेरा ख्याल रखेगी मुझसे कितना प्यार करती है और ये सोचकर मुकेश उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है अब एक दूसरे के प्यार में दोनों बन जाते हैं धीरे धीरे समय गुजरता जाता है एक दिन रागनी मुकेश से बोलती है मुकेश अब कब तक हम लोग यूँ ही छुप छुप के मिलेंगे तुम एक काम क्यों नहीं करते तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो मुझसे हाँ यार करने के लिए तो मैं भी सोच रहा हूँ लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है और रही बात तुमसे शादी करने की तो तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर जो मैं तुम्हें भगा कर भी शादी करता हूँ तो तुम्हारे पिताजी यूँ ही चुटकी बजा हम दोनों को ढूँढ लेंगे यही मैं सोच रहा हूँ की यार तुमसे शादी कैसे करूँ एक काम करूँ क्या मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखू अरे नहीं मुकेश ऐसा मत करना कभी भी मेरे पिताजी बहुत ही पुराने ख्याल के व्यक्ति हैं वो इस बात को जब जान जाएंगे तो वो मुझे भी बहुत मार मारेंगे और मेरी मां को भी बहुत मारेंगे तुम कुछ और रास्ता निकालो हाँ तो मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है और तुम्हें तो पता ही है मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है की मैं तुम्हे भगा कहीं भी ले जाकर दो वक्त की रोटी भी खिला सकू रागनी बहुत देर तक सोचती है फिर बोलती है मुकेश हम एक काम कर सकते हैं चलो हम दोनों भाग चलते हैं और ऐसे भी तुम तेरे पिताजी से मत डरो वो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग इतना दूर चले जाएंगे कि इनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी अरे पागल तुम सचमुच बहुत पागल हो अरे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं एक बार तुम्हारे पिताजी अगर जो एफ आई दर्ज करा दिए ना तो पुलिस वाले हम लोग को कोने कोने में से ढूंढ के निकाल देगी ये तरीका काम नहीं करेगा समझो करो बात में हो अरे बुद्धू पूरी बातों तो सुनो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं उन पैसे को लेते आती हूँ और उसके बाद हम लोग कुछ दिन के लिए अंडर ग्राउंड हो जाएंगे जिससे मेरे माता पिता को भी पता नहीं चलेगा और कुछ दिन बाद जब बच्चे हो जाएंगे हम लोग के तो माता पिता भी मान जाएंगे जब इस बात को मुकेश सुनता है तो खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है तो एक काम करो कल सारे पैसे लाकर कर यहाँ पे रख दो और मैं परसों का प्लान करता हूँ और कहीं का टिकट करा देता हूँ वहाँ पे कांत में चला जाएगा और एक दूसरे के साथ हमेशा ज़िंदगी बिताया जाएगा और इस तरह मुकेश और रागनी की प्लानिंग तय हो जाती है कहे मुताबिक अगले दिन रागनी पैसे से भरा हुआ अटैची अब मुकेश के घर लाकर रख जाती है और अगले दिन जब रागनी मुकेश के घर आती है तो देखती है कि मुकेश घर पर रहता ही नहीं और ना ही उसका अटैची रहता है और घर ऐसे ही खुला रहता है बेचारी रागनी सोच में पड़ जाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुकेश कहाँ चला गया मुझे छोड़ के परंतु बहुत देर तक उसका इंतजार भी वहाँ करती है परंतु मुकेश वापस नहीं आता रागनी को अब समझ में आ जाता है कि मेरा मुकेश मुझसे प्यार नहीं करता था बल्कि मेरे पैसे से प्यार करता था और बेचारी रागनी अब करे भी तो क्या करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बेचारी रागनी चुपचाप अपने घर को लौट जाती है तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने से पहले 10 बार जांच कर लेनी चाहिए हमें कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा होता है आजकल दोस्तों अक्सर यही होता है कि प्यार में लोग धोखा खा जाते हैं धोखा दोस्तों इसीलिए खाते हैं क्योंकि सामने वाले के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं होता तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और हाँ दोस्तों आप वीडियो देख के यू ही चले जाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा धन्यवाद दोस्तों